मैं उनमें से नहीं जिसे कोई पिंजरे में कैद कर पाएगा मैं तो आजाद पंछी हूं भले तुम मेरा शरीर कैद कर लो पर मेरी रूह आजाद है